सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है फिर आपको सर्च बार में टाइप करना है मूवीज़ फॉर इन डॉट ब्लॉग डॉट कॉम आप स्पेलिंग सही से देख लीजिए उसके बाद आपको इसे सर्च कर देना है सर्च करने पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड इन एनी क्वालिटी पर क्लिक कर देना है उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी क्वालिटी में मूवी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है ये जो आप ऊपर 720 पिक्सल देख रहे हैं एक्चुअली ये एक हजार पिक्सल है इसमें 720 दिखा रहा है पर आपके डाउनलोड करने पर एक हजार में डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको किसी भी क्वालिटी पर क्लिक कर देना है फिर आपके सामने ऐड आएगी तो आपको बैक वाली बटन से कट कर देना है अब यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है तो डाउनलोड पर क्लिक करते ही एक ऐड आएगी फिर से आपको उसे बैक कर देना है अब यहां पर मूवी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है